हाय फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आज आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और नॉट ओनली यंग एडल्ट्स बल्कि बढ़ती उम्र के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि उनका स्पर्म काउंट कैसे इम्प्रूव हो सकता है सिम इनकी कैसे बढ़ सकती है तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल रेमिडीज बताऊँगा जिससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल में इस बारे में समझना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे ईमेल में लिख के भी भेज सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में अपने बारे में मुझे बता सकते हैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको आपको जवाब दूं और आपको सही मशवरा दूं जिससे आपकी दिक्कत जाती रहे तो आइए शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं कि आप स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं देखिए जो स्पर्म है वो पैदा होते हैं आपके टेस्टिस के थ्रू क्योंकि आपका टेस्टिसन का लेवल अगर अच्छा होता है तो एक स्पर्मेटोजोनोसिस का एक प्रोसेस होता है उससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ता है अब क्योंकि अगर आप नॉर्मल हेल्दी एडल्ट हैं तो डेफिनेटली आपको स्पर्म काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस या तो आपको कोई डिजीज है या आपके लाइफ ऐसा है या आपकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी है या तो दूसरी कुछ आदें आपके अंदर ऐसी हैं जो आपके स्पर्म्स को या तो किल करती हैं या स्पर्मेटोजोनोसिस का जो प्रोसेस है उसको रोकती है तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो स्परमोटोजेनोसिस के प्रोसेस को या तो रोकती हैं या उसको स्लो करती हैं और आपके इस पर हेल्थ को डिटेरिएट करती हैं उसको हेल्दी होने से रोकती हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है इसके लिए वो होता है स्मोकिंग अगर आप स्मोकर हैं तो आपका स्परमोटोजेनोसिस का प्रोसेस धीमा पड़ जाएगा क्योंकि निकोटिन जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो आपके स्परमोटोजेनोसिस के प्रोसेस को धीमा करता है और आपका जो स्पर्म है उसकी मोर्टेलिटी को और उसकी हेल्थ को भी असर करता है तो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ी नुकसान देने वाली चीज होती है स्मोकिंग दूसरा होता है अगर आप क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं, हल्की मात्रा में अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो उसका नुकसान नहीं है लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप एल्कोहल लेते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है यह आपके पूरे बॉडी के फंक्शन को इवन लीवर के फंक्शन को जब खराब करता है तो उसकी वजह से आपका स्पर्मोटोजोनोसिस का फंक्शन भी रुक जाता है तीसरा कारण यह होता है कि आप कई बार सेहत बनाने के लिए कुछ एनाबॉलिक एनाबोलिक्ट वगैरह का यूज कर लेते हैं डेकेडोराबोलिन जिसमें बहुत ज्यादा कॉमन है वो आपके टेस्टोस्ट्रोन के लेवल को कम करता है उसके कारण भी आपका स्पर्मोटोजोनोसिस का प्रोसेस धीमा पड़ जाता है और कई बार आपको अलग से टेस्ट का इंजेक्शन लेना पड़ता है डॉक्टर की सलाह के बाद चौथा कारण होता है खट्टी चीजें अगर आप बहुत ज्यादा खट्टी चीजें लेते हैं जिनके अंदर टार्टरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है तो वो आपको नुकसान करेगा कम मात्रा में वो नुकसान नहीं करेगा लेकिन ज्यादा मात्रा में टार्टरिक एसिड या अचार जैसी चीजें आपको नुकसान करती हैं ये भी आपके इसमोसिस प्रोसेस को कम करती है दूसरी तरफ अगर आप सिटरिक फ्रूट लेते हैं वो आपको फायदा करते हैं टार्टरिक एसिड देखिए उस तरीके से काम करता है कि जब खाने में आप नमक डालते हैं तो आपका स्वाद बढ़ जाता है लेकिन अगर वही नमक ज्यादा हो जाए तो आप उस खाने को नहीं खा पाते उसी तरीके से ये स्परमोटोजेनोसिस के प्रोसेस पे असर डालता है थोड़ी मात्रा में टार्ट्रिक एसिड बहुत जरूरी है लेकिन ज्यादा मात्रा उसको नुकसान पहुंचाती है तो इन चीजों से अगर आप बचेंगे तो आप स्परमोटोजेनेसिस के प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाएंगे और आपका जो स्पर्म का काउंट है वो बढ़ जाएगा उसकी मोर्टेलिटी भी अच्छी होगी और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी अब बात करते हैं कि और क्या चीजें हम खाएँ जिससे ये सारा प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी हेल्थ भी बनी रहे आपका स्परमोटोजेनोसिस का प्रोसेस भी अच्छा हो और आपका स्पर्म काउंट अच्छा दिखे जब भी आप सीमनिस कराते हैं तो सबसे पहले हमने बात की थी डाइट की आप अगर स्प्राउट्स का यूज करते हैं जो अंकुरित अनाज होते हैं उसमें एक ऐसी पावर है इस स्पर्मोटोजिनोसिस को इंप्रूव करने की कि आप यकीन नहीं कर सकते तो आप स्प्राउट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें दिन में एक बार के भोजन में सुबह या दोपहर में आप जरूर स्प्राउट यूज करें यह आपको फायदा करेगा दूसरा अश्वगंधा आपने एक दवाई का नाम सुना होगा उसको असगंध के नाम से भी जाना जाता है पाउडर के फॉर्म में भी मिल जाती है हालांकि बहुत सारी दवाइयां भी आप मिल जाती हैं तो या तो अश्वगंधा की आप टेबलेट्स या उसका पाउडर शहद में मिला के इस्तेमाल करें डायबिटिक है तो शहद ना लें उसके अलावा आप अपने खाने में लोंग सिन्नामिन और काली मिर्च का जरूर इस्तेमाल करें साथ साथ सफेद इलायची का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें आप इनका पाउडर बना के शहद के साथ और इस अश्वगंधा पाउडर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम या आप इनको अकेले भी भोजन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो ये आप अफोर्ड ऐसे दूसरे आपके स्पर्मेट्रोजिनोसिस के प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं जिससे आपके स्पर्म का काउंट बढ़ने लगता है हरी सब्जियाँ और सी फूड्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं सी फूड्स में आपको ऐसे विटामिन्स मिलते हैं जो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी होता है हां आप अगर रेड मीट लेंगे तो उससे आपको उतना फायदा नहीं होगा आप व्हाइट मीट एग और सी फूड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस प्रोसेस को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी और आपके स्पर्म का काउंट बढ़ जाएगा उसके अलावा मूसली का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत फायदेमंद होता है आप मूसली पाउडर भी किसी भी जगह से ले सकते हैं और आसानी से इसको पांच से सात ग्राम पाउडर सुबह शाम शायद के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको अश्वगंधा पाउडर के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से मैंने बहुत ही सिंपल से सरल चीजें आपको बताई हैं आप अपने स्पर्म के काउंट को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं उसके अलावा भी देखिए अगर बहुत ही ज्यादा कम है तो उसके और रेमेडीज हमारे पास होती हैं उसके लिए आप सीधे लिख सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं या ई में अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं फिर हम डिटेल में आपको बात करके उस के बारे में बता सकते हैं कि कैसे आप इस काउंट को बढ़ा सकते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं तो अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो और ये जानकारी वाकई आपको पसंद आई हो और आपने कुछ सीखा हो तो उसको लाइक जरूर कर लेना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लेना पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना बेलाइकन का बटन दबा लें सो दैट इस तरह की हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे थैंक यू धन्यवाद